वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको कि जो हुआ हुआस हुआ खुश रखे खुदा उसको वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको कि जो हुआ हुआसो हुआ खुश रखे खुदा उसको नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको नजर न...